सिंगरौली जिले की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और एक मामले में सिंगरौली जिला प्रशासन की तारीफ भी की शिवराज ने समीक्षा बैठक में साफ कहा कि अपराधियों को निश्चित नाबूद कर दो समीक्षा बैठक में सिंगरौली के अधिकारियों को पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी का शिकार होना पड़ा अधिकारियों को जमकर झाड़ पड़ी मुख्यमंत्री ने कहा यह आपकी ड्यूटी है अपराधियों को निस्तेनाबूद कर दो नशे की शिकायतों पर कार्रवाई करो मेरे पास फीडबैक का सिस्टम है यदि आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो मैं गंभीरता से लूंगा अच्छा काम करोगे तो मैं साथ खड़ा रहूंगा सिंगरौली में गौरव दिवस बहुत अच्छे से मनाया कई दिन तक कार्यक्रम हुए उसके लिए बधाई इन्वेस्टर्स समिट भी अच्छे से किया है दो करोड़ के प्रपोजल आए हैं इसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपने दो तीन जो बहुत अच्छे काम किए एक तो मुझे बधाई इस बात की देना है कि गौरव दिवस बहुत अच्छा मना सिंग लगातार कार्यक्रम आपने किए एक सप्ताह तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चली उसको मैं बहुत अप्रिसिएट करता हूं। आपने जो इन्वेस्टर समिट की उसमें भी शायद दो कितने इन्वेस्टर समिट में कितने इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, के प्रपोजल्स आए ये भी बहुत है आपने अच्छा प्रयास किया शिवराज ने अधिकारियों से पूछा स्व सहायता समूह हो रही है इस आंदोलन को पूरी ताकत से बढ़ाएं अमरत सरोवर की क्या स्थिति है काम कैसे हो रहा है कुछ नवाचार किया कोदो कुटकी प्रोसेसिंग व मार्केटिंग की व्यवस्था की है आप लोगों ने ओडीओपी पर ढंग से ध्यान देना होगा